चलिए आज आपकी आंखें और दिमाग दोनों का टेस्ट करते हैं इस इमेज को देखिए और अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप भी उन 20 परसेंट लोगों में शामिल हो जिनको कुछ नहीं दिखा और अगर आपको इस इमेज में कुछ दिख रहा है और आप ये भी पता कर पा रहे हो कि इस इमेज में क्या है तो बहुत अच्छी बात है इस इमेज में एक आदमी की पिक्चर है अगर आपको दिख गई तो आपके दिमाग में पैटर्न को फाइन करने का जो स्किल है वो बहुत मजबूत है और अगर आपको नहीं दिखा तो आप इमेज को दूर करके थोड़ा पास करो चलिए दूसरा टेस्ट करते हैं इसी मैच को देखिए और आपके पास 10 सेकंड है आपको ये बताना है कि इसी मैच में आपको क्या दिख रहा है इमेज लेटर नंबर या क्या चीज़ आपको दिखी टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अगर आपको इसमें फाइव सेवन वन दिखा तो आपकी आंखें और आपका दिमाग किसी भी नॉर्मल से बहुत अच्छा है